हो <्याहिण> कौन गलती गलती जोड़ी <्याहिण> गलती गलती जोड़ी बात मुख्य गलती और से गलती यो भयो के तोई तो जिया के न मारे के बेले ओ तो जिया के न मारे के बेले जिन्दावा सब बनाए देले ओ सुती सुती कांगला तोले कतय त लरने आइ तो जाने आइ तो, तो जाने सोची सोची मित्र कम देते नहीं जोड़ी मोरे संग नहीं मैं मोरे संग आधा दिन ये मुके बसल जोड़ी बात दे गलती और गलती हुके बस जुड़ी जोड़ी दे